हलो मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं जे पी एस इन्फॉर्मर मैं आज आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे ऐड आने के बारे में बताएंगे कि आपके चैनल पे ऐड आना कब शुरू हो जाएगा इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि यूट्यूब से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके अब मैं आपको बताऊँगा कि आपका चैनल पे ऐड आना कब शुरू हो जाता है यदि आप अपने चैनल का सब्सक्राइबर 1000 पूरा कर लेते हैं यानी 1000 सब्सक्राइबर आपका पूरा हो जाता है और 4000 थाउजेंड व्यूवर्स आपका हो जाता है तब जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है गूगल के साथ तब गूगल आपके साथ एक करार करता है यानी एक आपके चैनल के साथ और गूगल के साथ एक डिलिंग होता है तब जाकर के आपके चैनल पर एड आना शुरू हो जाता है अब ये भी देखना होगा कि आप अपना अपने मोबाइल पे कंटेंट किस प्रकार का डाल रहे हैं आपके चैनल पे कंटेंट किस प्रकार का डाला जा रहा है उसी अनुसार आपके मोबाइल पे एड भी आना शुरू हो जाएगा